गंदम आपके पास शॉर्ट पड़ गई है पानी आपके पास है कोई नहीं है इंडिया में पिछले साल चौतालीस अरब डॉलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। हम तो एक अरब डॉलर तो लोग, लोग है, है वो कह रहा है की जब तक आई एम एफ से आपका मामला तय नहीं होगा हमारी तरफ से कोई मदद की तो ना रखे सारे अंडे एक बास्केट में आप रख के चलेंगे आप अंडो को तकसीम नहीं कर सकते और जिस महंगाई और जिस बदहाली जिस बेरोजगारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो फिर इसके नतज कितर जाएंगे अगर इंडिया है उसमें क्या आईएमएफ से लोग आते हैं सही? वो भी तो अपनी इकानी और उनकी इकॉनमी का ये हाल है उन्नीस में उनके यहाँ उनकी इकानमी उनकी उद, इंडिया हमसे छः गुना आबादी में बड़ा मुल्क है उनकी इकानमी हमसे सिर्फ चार गुना थी यानी हमारा पर कैपिटल ज़्यादा था उनसे ये पिछले बत्तीस साल में उनकी इकानमी ग्यारह गुना हो गई है।, है और उनका पर कैपिटल तकरीबन डबल हो गया हमसे और वो आईएमएफ के बाद जाते नहीं सही हमने अपने आप को ठीक करा मेरा मतलब सिर्फ ये अब बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि सिर्फ आई और वर्ल्ड बैंक या सऊदिया यही नहीं देते हमें अगर अपनी इकानमी अपने बिजनेस को समझ दें अपनी इकानमी को मजबूत करें इंडिया में पिछले साल चौंतालीस अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है हम तो 1 अरब डॉलर के लिए रूल रहे हैं ना है। वो चौंतालीस लोगों लोग लेके आए हैं उनको अगर उनकी इकानमी कंडूसिव हो जाए हमारी हुकूमतें अपने मुल्क को ऐसा बनाएं कि बाहर के लोगों के लिए अट्रैक्शन और वो यहाँ आएँ हमारे यहाँ डेढ़ अरब डॉलर की आई है पिछले साल कोविड उनके यहां ज्यादा आया ये कहते हैं कोविड की वजह से कोविड तो इंडिया में ज्यादा आया लेकिन ये फैक्ट है आप चेक कर लिए अच्छा बांग्लादेश में आ रही है सारी बाहर की बाहर के पैसा पैसा ही हम क्यों डिफॉल्ट हो रहे हैं हम डिफॉल्ट हो गए हैं डिफॉल्ट होने से मैंने कल ये बात की है कि हम पड़े हुए इलेक्शनों में या हम कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करो या ये इनरेलीवेंट हो गई बातें इस वक्त मुल्क बचाओ सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुल्क को बचा नहीं पा रहे सब मिलके बचाओ सब कुछ मिल जाओ और तो हाँ तो डा, इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में डेढ़ अरब डालर की आती है जबकि हमें है, उस वक्त के वजी अजम इमरान खान की तरफ से बार बार ये सुनने को मिलता था कि बड़ी मकबूल पॉलिसिया है दुनिया भाग के पकसान आ रही है तो क्या समझते हैं कि ये माजी की हकूमत की इसमें कोई उनकी माशी टीम की यह नालायक ही रही है कि वो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं बना सके कि लोग यहाँ आएं बैरूनी सरमायाकारी लेके यह भी दुरुस्त है कि नाइन्टीज में एटीज में हमारा रुपया इंडियन रुपये से ज्यादा मजबूत था जो हमें था हम की की जाने का कह रहे और इस चार तीन साढ़े तीन साल कारदगी से पहले ये सवाल होना चाहिए कि वो जो पहले रहे तीस साल उन्होंने कौन से गोल खिलाए तो हमें मजबूती तौर पर देखना चाहिए कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके कि हमने मुल्की की को खोखला किया हमने सरमायाकारों को दोड़ाया बल्कि मैं अगेन नाम लूंगा ये फिर मस्त पीपल्स पार्टी वालों को होगा प्रॉब्लम कि भुटो साहब ने बड़ा जुल्म किया था जो घुम्याया गया नेशनलाइज किया गया हमारा इंडस्ट्रियस्ट भाग के बांग्लादेश गया है हमारा इंडस्ट्रियस्ट गया है भाग दुनिया भर में हमने खुद अपनी मीशत के का गला दबाया सत्तर में सेवेंटी के आगाज में और उसके बाद मुसलसल दबाते रहे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इंडिया में कोविड ज़्यादा था उन्होंने अपना माहौल अच्छा किया बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट को कंडसिव बनाया वहाँ पे बाहर का चवालीस अरब डॉलर आ गया हमारे पास डेढ़ अरब डॉलर सबसे पहला तो हाल ये है कि अपनी इकानमी को अट्रैक्टिव करें ताकि बाहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आए उससे आपको रोजगार लोगों को मिलेगा उससे आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी अच्छा दूसरा हाल यह है कि आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं हमारे यहाँ जितने टैक्स लगे हैं अमीर आदमी ने इन दो सालों में जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं मैं उनका नुमाइंदा हूँ उन्होंने बड़ा ही सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया कोविड की वजह से रेट चीजों के बहुत बढ़ गए और उन्होंने बड़ा नफा कमाया तो उनके ऊपर वो टैक्स लगाएं और वो वो दें उनको सब्सिडी ये ना करें आज जो आपने तेल की कीमत पचास रुपया बढ़ा दी तो वो लोग जो नहीं दे सकते जो दे सकते हैं उनसे टैक्स लेके थोड़ी सब्सिडी दें बिल्कुल ये आईएमएफ ये नहीं कहता कि आईएमएफ तो कहता है कि आप अपना खसारा घटाएं बजट का इस वक्त हमने बजट में रखा था 2700 अरब रुपये खसारा होगा वो 4000 अरब तक तो बजट का खसारा पहुंच जाएगा इसी तेरह सौ तो अरब और बढ़ गया तो ये मेरा ये हल है कि डायरेक्ट टैक्स लगाए तीसरा मैं हल निकालता हूँ कि एस एम और छोटे कारोबार को फ़रो दें अब देखिए इंडिया में उनका जो टोटल टैक्स है ये मैं आपको स्टेट बैंक की फिगर दे रहा हूँ इंडिया में जो उनका टोटल लोन होता है ना कर्ज़ा वो 100 में से 85 बड़े हो जाते हैं 15 छोटे दरमियाने कारोबार जो लाखों होते हैं करोड़ों होते हैं है। वो तो थो, थोड़े से होते हैं बड़े वाले उनको पंद्रह फीसदेश में बारह फीसदी पाकिस्तान में सिर्फ सेवन परसेंट तिरानवे परसेंट बड़े को जाता है जब आप छोटे को कर्जा ही नहीं देंगे कैसे लोग पढ़े लिखे बच्चे अच्छा उस कारोबार को फरोग मिलेगा कारोबार वो जो वो मेहनत कर सकते हैं ना जितना परसेंटेज वो कमा सकता है उसको पैसा दे लोन दे जैसे ग्रामीण बैंक की बड़ी अच्छी मतलब और एक बड़ी कामयाब मिसाल है अब उसके अलावा देखिए ना मैं, हम ये चाह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें मिल के बैठें कि भाई इकोनॉमी का सब मुश्तरक तौर पर हल निकालें यह कोई एक पार्टी के पास पार्ट या एक ग्रुप के पास इसका हल नहीं है ताकि उसका उसका मसला हल कर दें और उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि ये जो नेशनलाइज यूनिट है बहुत बड़ी बात मैं आपके करने लगाऊँ इस वक्त नेशनलाइज यूनिट जो हैं जैसे स्टील मिल ले लें रेलवे ले रेल लें ले, आप पी आई ले लें आपके बिजली के जितने डिस्ट्रीब्यूशन है या गैस की डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब पे और और जो नेशनलाइज यूनिट हैं उनमें हमारी हुकूमत का चार हज़ार या पाँच हज़ार अरब रुपए लगा हुआ है और हर साल वो 800 सौ अरब घाटा डालते हैं जैसे जैसे नेशनलाइज बैंक हैं लेकिन बैंक आपने प्रायरिटाइज़ किया अभी इन्होंने जिक्र किया कि पीपल पार्टी के दौर में अच्छे खासे चलते चलते इधारों को नेशनलाइज कर लिया और कबेड़ा ग्रक कर दिया कुछ बैंक आपने प्राइवेटाइज किए तो उन्हें नजर देना शुरू कर दिया आज नेशनल बैंक के जो शेयर का भाव है नेशनल बैंक तो सबसे बड़ा बैंक था ना उसके शेयर का भाव है 35 40 रुपए और मुस्लिम कमर्शियल का शेयर का भाव है दो सौ रुपए सही तो है ये कहा नेशनलाइज यूनिट्स को जिसमें पांच हजार अरब रुपए का लगा भी हुआ है और 800 अरब घाटा भी निकालते हो जब आप प्राइवेटाइज करोगे लोग आएंगे वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सारा घाटा जो आपका 800 अरब है वो वो खत्म हो जाएगा ना हुकूमत को इस वक्त ये चाहिए सिर्फ आई कुछ नहीं आपका कर सकता तो ये इन मामलों पर हम गौर करेंगे और बिजनेस को फरोग देंगे अपनी इकॉनमी की तरफ बेहतर रोजगार पैदा करेंगे तो एकदम इनमें तो आएगी किसी भी हुत ने बातें की हैं सब ने कहा यूनिट को प्रायरिटाइज कर दो लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं कोई भी नहीं कर पा रही तो इन बातों में मिलके बैठना पड़ेगा कंसेंसस बनाना पड़ेगा सही होगा मज़रबल साहब हमारे पास चंदे आप इसमें शेख साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है चूंकि ये अवमी नुमाइंदे भी हैं और पैंतीस साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रहे बिजनेस करते हैं इनकी बात बड़ी अच्छी है कि हमें बतौर पाकिस्तानी सोचना चाहिए इस मुश्किल से निकलने के लिए सिर्फ ये नहीं कि आए मे हमें रास्ता दिखाए तो हम देखें हमें खुद से भी बहुत से काम करने चाहिए जी बिल्कुल